आपका मेरे चैनल वी लॉक प्लेनेट में आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल में आज हम आपको बताएंगे बेस्ट टीमर के बारे में टीमर की जानकारी देंगे कि हम फिलिप्स का टीमर जिसको मैं आज अनबॉक्सिंग करूंगा। चलो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पेल अकाउंट से पे लगे बटन को दबाएँ ओके अब चलो आगे प्रोग्राम शुरू करते हैं अब बेसिकली मेरे ने जो तीन टाइप के टीमर्स जो गए हैं वो हैं एक तो बत्तीस इक्कीस और एक है 320315 ये तीनों ही टीमर बहुत अच्छे क्वालिटी और बढ़िया है क्योंकि तो मेरा बेसिक पर्पस हेयर कटिंग में भी यूज हो सके क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग अपने बाल बनाई से नहीं करवा सकते तो हम खुद अपने हेयर कटिंग कर पे कर सकें इसलिए मैंने ये मंगाया और साथ में सेविंग जिसको करने का शौक अलग अलग डिफरेंट सेव रखना हो वो भी बेटर इसमें रखी जा सकती है जो मैंने अभी लिया है बत्तीस इक्कीस पंद्रह का टीमर उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग दो हज़ार टू ज़ीरो एट जीरो समथिंग थी जो मुझे डिस्काउंट करके एटीन हंड्रेड रुपीज़ के आसपास मिले और टेन परसेंट डिस्काउंट चल रहा था अभी रिसेंटली सिटी बैंक से तो मैंने वो फायदा लेके ये लिए अमेजॉन से ऑर्डर किया और दूसरा होता है ये बत्तीस ग्यारह पंद्रह वो लगभग सोलह की रेंज में आता है और तीस आता है बत्तीस वाला जो पंद्रह सौ रुपये की रेंज में आता है इन सब में अगर 10 10 परसेंट डिस्काउंट हो तो सबसे कम बारह सौ तक आपको मिल जाएगा पर आप आपकी रिक्वायरमेंट आपको ऐसा चाहिए टीमर तीनों टीमर लाजवाब है चलो दोस्तों आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूं बत्तीस इक्कीस पंद्रह की जिसकी मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया था अमेजोन से देखिए ये मेरे को बॉक्स मिला अभी अमेजॉन से इस बॉक्स में इस बॉक्स की हम आपको दिख रहा हो शायद हाँ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं ये देखिए अमेजॉन का बॉक्स है बत्तीस इक्कीस पंद्रह का, का इस तरह की पैकिंग आती है अमेजोन इस तरह की पैकिंग देता है आई थिंक फिलिप्स की ओरिजिनल पैकिंग है क्या मुझे नहीं पता खोलने का पता चलेगा इस तरह का है इस पर एक स्टील लगी हुई है आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टील लगी हुई है ये इसकी एक सील लगी हुई है सील को आप देख सकते हैं पूरा तरीके से और ये इधर इसका एम वगैरह डिटेल डला हुआ पूरा इस पे बॉक्स पर ये मेड इन इंडोनेशिया नॉट मेड इन चाइना क्योंकि हम लोग चाइना सपोर्ट नहीं करते तो ये मेड इन इंडोनेशिया कंट्री ऑफ ऑरिजन और फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का है ये प्रोडक्ट राइट और ये कोलकाता से डिलीवर हुआ आई थिंक सो तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं अभी फिलिप्स के टीमर को ठीक है अभी आपको मैं दिखाता हूँ तो ओके okay, इसके ऊपर एक सील लगी हुई ये एक अच्छी बात है कि स्पीकर सील लगी हुई है ताकि ये खुला हुआ प्रोडक्ट तो नहीं है ये खुला हुआ नहीं है खुलता है इस पर बार कोड भी मेंशन किया हुआ है आप देख सकते हैं देखो ठीक से देखिए बार कोड भी मैं आपको अगर देख पा रहे तो चलो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं ठीक है अनबॉक्सिंग कर दिया ओके, ये ओके ये देखिए आपके सामने इस तरह का बॉक्स अंदर खुलवा है इसके अंदर अब ये देखिए मेरे क्लोजअप में दिखा रहा हूँ ये बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर एक ये वारंटी कार्ड निकला है ये वारंटी कार्ड आप देख सकते हो इस वारंटी कार्ड के साथ साथ ये इसका निकला है मैनुअल निकला है ट्यूमर के बारे में दोनों उसके साथ ये अडेप्टर निकला है ऐसा पावर अडेप्टर ये पावर अडेप्टर है बहुत ही अच्छा बना रखा है अच्छी खूबसूरती का क्लिप्स था आगे इसका पिन दिया हुआ है ऐसा ये पावर अडेप्टर है इसके बाद इसमें एक पाउच निकला है जो एडेप्टर को रखने के इसको रखने के लिए टीमर को रखने के लिए इसमें आप टीमर रख सकते हैं इसके अलावा ओके टीमर इसके अंदर है देखिए टीमर ये रहा टीमर ओके ये टीमर है इसके अंदर ये टीमर है इस ये, ये टीमर बहुत ही खूबसूरत है इस टीमर को यूज किया जाए स्टीमर को देखिए आप इसके अंदर टीमर के अंदर क्या दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर पहले देखिए आप इसमें ये होता है लाइट होती है चार्जिंग के लिए इधर पीछे चार्जिंग पिन दिया हुआ है जहाँ से आप चार्ज कर सकते हो चार्जर लगा के ये इसका चार्जर है इसका चार्जर से आप चार्ज कर सकते हो और इसका बहुत फास्ट चार्जिंग होता है वन आवर में पूरा चार्ज हो जाता है नॉर्मल में हमें करीब टेन आवर्स लगते हैं पर ये वन आवर में पूरा चार्ज होता है इसे आप इसे चार्ज कर सकते हो पिन लगा के ओके ऐसे और दूसरा इसके अंदर फिर ये दिया हुआ है इसमें एक तो फीचर है ये जो सेटिंग है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन रिटर्न इस तरह से पूरी सेटिंग दी हुई है और इसमें फिर ये ऊपर इसका दिया हुआ है स्पेशल ये जो इसका ये टेक्नोलॉजी दी गई है लिफ्ट एंड ट्रिम सिस्टम दिया हुआ है इसमें लेफ्ट एंड ट्रिम सिस्टम है लेफ्ट एंड ट्रिम सिस्टम में क्या होता है कि आपको ऐसा लिफ्ट करना और ट्रिम करना बहुत इजी है ऐसा लिफ्ट करके ट्रिम करना तो आपके कहीं स्क्रीन पर लगने की भी टेंसन नहीं होती आराम से हो जाती है और चलो अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ इसको इसको यूज़ ये, यूज ये पीछे इसका मार्किंग दिया हुआ है ये मैं इसके पीछे लिखा यूज ओनली विद विदिप्स सप्लाई यूनिट ओके ये मेड इन इंडोनेशिया मेड इन इंडोनेशिया ये इंडोनेशिया का प्रोडक्ट है मेड इन इंडोनेशिया एंड नॉर्थ चाइना मेड इन इंडोनेशिया ओके और इसके अलावा जब हम इसको खोल देते हैं तो ये इस प्रकार से बाहर आ जाता है लिफ्ट एंड टीम सिस्टम इसके अलावा ये इस तरह का वो दिखता है इसमें सबसे अच्छी बात इसमें टाइटेनियम कोटिंग भी हुई टाइटेनियम कोटिंग इसमें इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है ना कोई आपको जंग आएगा ना कुछ और आएगा वाटर का को, कोई और ये वाटर रेजिस्टेंस भी है खास बात यह वाटर रेजिस्टेंस भी इसको कोई वाटर का फर्क नहीं पड़ता है इसको आप चाहे तो पानी इस पर डाल के देख लीजिए कुछ भी नहीं होगा और अब इसको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है इसके नीचे जब स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए स्टार्ट कर दिया मैंने इसको और ब्लेड बहुत ही सही है इसकी आप कर सकते हो तो जो आपको अभी मैं आपको। तो मैं आपको आपको आपको में तो बहुत अच्छा अपने ये हाथ के जो थोड़े इनको करके दिखाता प्रैक्टिकली आप इनको देखिए कितनी खूबसूरती से ये कर देता है ओके अब मैं स्टार्ट करता हूँ देखिए वाहन वन मिनट आपके हेयर यहाँ से चले गए देख रहे हो मतलब ये ग्लाजवाब है बहुत ही स्मूथ बहुत स्मूथ है बहुत इजी है आप इसमें अपने हेयर कटिंग कर सकते हो जो अलग अलग लड़के और आज की जनरेशन जो अलग अलग दाढ़ी रखते हैं उनको स्टाइल देना चाहते हैं इसे आराम से स्टाइल दिया जा सकता है बहुत अच्छे से टिम किया जा सकता है तो ये जो उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट जो स्टाइविंग रखते हैं ट्रम उनको टिमर की बहुत जरूरत है तो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है एक वान है उसकी लाइफ भी बहुत लॉन्ग है तो उन सब कर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यह प्रोडक्ट को जरूर देखे बार फिलिप्स का ट्रिमर अगर आप स्टाइलिंग रखते हैं और स्टाइलिंग रखने का आपको शौक है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आप इसमें डिज़ाइन ट्रिम भी कर सकते हो और इसमें कुछ सेटिंग से बदल के आप हेयर कटिंग भी कर सकते हो ये लगा के आप आगे इसको आप आगे लगाओ हेयर कटिंग कर लो जैसे बच्चों के बाल काटने में छोटे बच्चे जो बार बाहर जाके बाल कटवाते नहीं हैं सैलून में जाके तो घर पर इनसे बाल कटिंग कर सकते हो बहुत ईजी वे में कटिंग हो जाएंगे बाल कुछ करना ही नहीं होगा तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये मैंने अभी, अभी अनबॉक्सिंग की बी टी की आपको ये वीडियो आई होप अच्छा लगा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको इसमें कुछ रूमेंट चाहिए था मुझे बताना और आप मेरे प्लीज प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए उसको सब्सक्राइब कीजिए अपने तो दोस्तों को भी बोलिए जैसे सब्सक्राइब कीजिए आगे मैं ऐसे ही वीडियो टेक्नोलॉजी के भी लाऊँगा और कुछ वीलॉगिंग की लाऊँगा Uh, आगे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो दूँ देने की कोशिश करूंगा। आप मेरे प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच